कहता हूं कि तो... सबकी पगड़ी, सब पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए पगड़ी को सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए क्या मिश्रा लगा दिया साहब सोचता हूं कोई कोई अखबार निकाला जाए, जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए साहब पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं वाह पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं पी के जो होश में हैं उनको संभाला जाए जो, बाबा बाबा जो, तो पीके जो होश में हैं, उनसे तो कोई खौफ नहीं मैं कह रहा हूँ जो मस्त हैं, उनसे तो कोई खौफ नहीं पी के जो में हैं, उनको संभाला जाए आसमा ही नहीं एक चांद भी रहता है यहाँ सब जानते हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं आसमा ही नहीं पी के जो होश में हैं उनको संभाला जाए आसमा ही नहीं एक जान भी रहता है यहाँ भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए आसमा ही नहीं एक जान भी रहता है यहाँ आसमा ही नहीं एक जान भी रहता है यहाँ भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए कह रहा हूं कि नए एवान की तामीर जरूरी है तमाम फैसलों के एहतराम के साथ कहता हूं कि नए एवान की तामीर जरूरी है मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए <पआ>। नए की तामीर जरूरी है मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए वाह और सुने साहब अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है क्या बात है अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है अगर रेख्ता में ये मैं सही बोल रहा हूं तो आवाज आना चाहिए रेख्ता की शुक्रिया आगे की दो लाइनें सुन लीजिए अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है पत्तिया रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता वा। है वाह पत्तियां रोज, रोज गिरा जाती है जहरीली हवा पत्तिया रोज गिरा जाती है जहरीली हवा पत्तिया रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है एकात गजल और सुनाने की कोशिश करता हूं और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है कहा है कि जिंदगी को जख्म सांसों को नई धुन कह दिया इसे संभाल लीजिएगा रेखता वाले अगर इसे संभाल लिया तो राहत इंदौरी समझ जाएगा इंशाल्लाह। शह मोइन मतलब सुनेंगे फरमाए नुमान भाई मतलब मतला सुनिएगा कहता हूं कि जिंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया क्या बात कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? कौन है जिसने बिना सोचे हुए जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया सांसों को नई धुन कह दिया कौन है जिसने बिना सोचे हुए कौन कह दिया साहब उसने फैसला आप करें उसने इतना भी नहीं सोचा मैं मारूंगा नहीं आज पर यहां पर ये तो मुनोवराना थे बिर पड़ी हुई है लगन मारे जा रहे हैं हमारे कमाल की बात कह रहा हूं कि जिंदगी को सास सांसों को नई धुन कह दिया कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुल कह दिया उसने इतना भी नहीं सोचा कि ना बिना हो मैं तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया है, है, है, है, है, है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने डॉक्टर साहब वाह वाह वाह साहब उसने इतना भी नहीं सोचा तो अर्जुन कह दिया ना भी ना हूं मैं वाह